अरे भाई जहर चीजें घर लग कवर कवर कवर में कवर में कवर में, कवर में इनको, इनका तो मुंह तोड़ जाओ तो भाग रहे तो घर तक आ हो रहा पहुंच गया घर पे हाँ मैं आज आ जाऊ से घर पट्ट से अरे शॉर्ट और पट्ट से भाई मैं गेम फिट कर रहा हूं मैं नहीं करके कर देखते हैं अरे आ रही आ रही ब्रो आ रही है मैं ठीक कुक कर रहा हूं ओ भाई ओ भाई, भाई बस आगे ओ ओपी भाई ओपी भाई पहली बार पहले टैक्स ही हो गया kidad jaate yaar obbe wo yo pii bro obbe serious <laughs> ne yaar heal kar heal kar pehle inko bhai andar aao bhai aailo bro me maar ke ek ki bande ek ki bande enemies ahead ओ तो अरे का चार बंद यार तू बहुत अंदर चले गया ब्रो तू बहुत ज्यादा अंदर चले गया था बाई जम्पिंग जपाक ओ भाई मैं देखो बोल रहा हूं डेंजर आराम से खेल रहा हूं इतनी क्या खाई है भाई ब्रो, बिना वेस्ट हेलमेट एक बुलेट को हो अरे तो मना तो बिना वेस्ट हेलमेट ब्रो क्या है ना ब्रो शांति रहना ब्रो। ब्रो। एक ये शांतिरण वेटे मुकमुड लेफ्ट है लेफ्ट लेके पासेम ले लो एक